तीन किस तरह का आप काम करते का ये जो सड़क की सफाई तो आपको जब काम पे लगाया गया तो आपसे कुछ पैसे भी लिए लिए लगवाने कितने ले थे लेने लगे ये भी पैसा अभी तक से का नहीं है जो थोड़ा बहुत किसी के यहाँ काम भी कर रही थी जैसे किसी के यहाँ पोछा लगा रही हैं झाड़ू लगा रही हैं वो पैसों को देख के इस कंपनी की वहाँ से वो काम छोड़ के इस कंपनी में आई है किसी के यहाँ जैसे झाड़ू पोछा कर रही थी थोड़े पैसे थे जैसे 500 कहीं से मिल गए और 400 कहीं से मिल गए उन्होंने ये काम छोड़ के और इस कंपनी में आई है उन्होंने उनके साथ में मांग की पैसों की तुछ तुछ तुछ तुछ तुछ और पैसों की मांग करते हुए वो काम करने लगी उन्होंने मानी नहीं। हम तो बहुत परेशान है रेत सखेरा कूड़ा सखेरा हमने सड़कों पे से किसी किसी की गाले भी सुनी दुकानदारों की अब कौन जुम्मेदार होगा ना डीएम हमारे लिए कुछ कर रहा ये बताओ सब अधिकारी भी सब हाथ आ रहे रहा हमारे से पूछा था क्या आपने इस कंपनी में लगने से पहले अब तो हम सब जुम्मेदार बता रहे अब हमें ऐसा पता होता तो हम लगते क्यों ये बताओ हम अनपढ़ी आदमी है हमें कुछ नहीं पता इन बातों का पढ़े लिखे होते तो कुछ करते भी हम ये जो मामला है क्योंकि ये मामला सारा पालिका के ही माध्यम से चला हुआ है मुझे मुजफ्फरनगर में जो आ, आ, आरके के ग्रुप यहाँ काम कर रहा है उसमें लगभग 300 महिला और पुरुष काम पे इन्होंने लगाए जबकि पालिका से पूछा गया भाई आपने किस बेस पर लोगों को लगाया गया उनसे बताया कि हमने केवल 10 आदमी की संस्तुति दी थी इन लोगों को दस आदमी के न लगा के इन्होंने ढाई सौ आदमी लगा लिए जो कंपनी का मैनेजर था इमरान उसने अपने कुछ साथियों से मिली भगत कर कर हमारे जो भोला भाला समाज है वाल्मीकि समाज उनके बीच में वे लोग पहुँचे अपने एजेंटों के माध्यम से कुछ लोग हमारे भी साथी थे उनके बीच में के कि उन्हें बताया गया कि भाई मैं आपके कर्मचारी आपके घर के जो भी बच्चे हैं महिलाएं पुरुष भाई लड़के हैं नौजवान उनको काम पर लगवा दूंगा और वे लोग आपको यहीं परमानेंट करवा दी उनके विश्वास में वे लोग चले गए उन पर विश्वास करके उन्होंने पंद्रह पंद्रह हज़ार रुपये या सोलह सोलह हज़ार रुपये उन लोगों को तक पहुंचा दिए एक प्रथा से मतलब हमारे मानसिक क्षति पहुंच रही है हमारे आर्थिक क्षति भी पहुंच रही है चूँकि एक कर्मचारी को लगभग तीस या पैंतीस हज़ार की तनख्वाह मिलती है जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और मतलब जटिल होती है चूँकि आज शिक्षा का दौर है अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो हमारा बच्चा कहाँ बैठ पाएगा किसको दूसरे समाज में कैसे बैठ पाएगा कैसे बात कर पाएगा चूँकि दूसरा समाज तो हमसे बहुत आगे है चूंकि हम मानसिक क्षति झेल रहे हैं क्योंकि हमारा बच्चा एक तो कम पढ़ा लिखा होने के कारण उसको कोई अपनी दुकान पे काम भी रखने को तैयार तो भी नहीं है यां तक यां तक कोई होटल ढाबे वाला भी बर्तन माँने के लिए हमारे बच्चों को नहीं रख पाता दुण दुण। दुण। दुण। हमारे से देखा नहीं जा रहा है हमारी माताएं धूप में इतने हैवी टेम्परेचर में जा जा के धरने प्रदर्शन दे रही है अपने मेहनत की कमाई पाने के लिए तो शायद हमारे अधिकारियों को भी इस चीज़ के लिए शर्मसार होना जरूरी है और हम इसका विरोध करेंगे और फ्यूचर में उसको जल्द से जल्द पकड़वाने की हम मांग भी करते हैं और पकड़वा जरूर तो ये बताओ काम कहीं रोजगार ही नहीं है अब बच्चे बेचारे कहीं कुछ मांग रहे कुछ मांग रहे जब तनखाही नहीं आ से ला के दे बच्चों को ये बताओ आप घर के ही खाने के पूरे वो हो रहे तीन महीने तनख्वाह तनख्वाह हो गई वहां पर कंपनी में मारी और जो काम करे तो वो भी छूट गया हमारा हम तो बेरोजगार घर बैठे अब हम अब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही भैया रोज थक, थक थक थक क्या आ रोड रिक्शो में पैसे फूक रहे और बीमार भी, भी हो गया धूल मिट्टी से अब ये बताओ हम क्या करें मैं निवेदन माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया योगी जी से कि ठेका पड़ता को पूरे भारत में और पूरे यूपी में बंद कर दिया जाए हमें तो लग रहा है की हमें अपने अपने बच्चों को शिक्षा न दे के उन्हें छोटे छोटे से झाड़ू पंजर पावले अभी से लगा देना चाहिए क्योंकि आगे तक तो तैयार तो हो जाएंगे इससे यही आवाज़ हो रहा है कि आने वाला समय वाल्मीकि समाज के लिए बड़ा कठिन होगा और हमें लोग सफाई के नाम से ही हम लोगों को जाना जाता जाता है और सफाई में ही हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग